टॉप एट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन फैक्ट नंबर वन एक इंसान के दिमाग का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है फैक्ट नंबर टू हमारे दिमाग में लगभग जो कि एक बिजली का बल्ब जलाने के लिए काफी है फैक्ट नंबर सेवन एक दिन में हमारे दिमाग में लगभग सत्तर हजार ऐसी भी ज्यादा विचार आते हैं जिनमें से सत्तर प्रतिशत विचार नेगेटिव होते हैं फैक्ट नंबर एट हमारा दिमाग तीस साल की उम्र के बाद सिकुड़ने लगता है इसी कारण से कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है गाइज ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलते अगली वीडियो